हेलो माय ऑल फ्रेंड्स आज हम आपके लिए ले लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर कंपटीशन एग्जाम्स वेलकम टू योर चैनल सी स्टडी। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सी स्टडी में जहां आपको मिलती है बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आज की हमारी मोटिवेशन क्यूर्स है जो सपने तूने अपनों को बताए हैं जो सपने तूने अपनों को बताए हैं अब उन्हें सच करके दिखलाना है इस तरह हार ना मान तू इस तरह हार ना मान तू देख रही है हैं में आपको मिलेंगी फाइव सेकेंड जिन्हें ऑप्शन के आधार पर आपको चूज करना है आपको चार ऑप्शन मिलेंगे उनमें से राइट ऑप्शन आपको देना है वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और लास्ट में हमें बताइए की आपको कितने क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन राइट हुए? हुए को देखते चलते हैं हमारे की तरब, की तरफ नंबर बाबा पहाड़ी एवं क्षेत्र प्रसिद्ध तो आपके ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर है जी हाँ बी लोहे एस उत्पादन के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है तो हमारे ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश बी छत्तीसगढ़ सी गुजरात या फिर डी कर्नाटक तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें हमारा राइट आंसर है ए मध्य प्रदेश चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर तीन भारत में कर्मचारियों के महंगाई बत्ते के लिए निर्धारण का आधार है आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक हमारा राइट आंसर है डी उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर मरे डार्लिंग नदी के संदर्भ में असत्य कथन है तो हमारे ऑप्शन है ए मरे डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है बी यह नदी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी नदी तंत्र है सी यह नदिया स्पेन की खाड़ी में गिरती हैं, डी मरे नदी के किनारे पर्थसर स्थित है तो हमारा राइट आंसर है डी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव महाराणा रंजीत सिंह बांध को जाना जाता है आपके ऑप्शन है ए बगलिहार बांध बी मगला बांध सी टिहरी बांध या फिर डी थीन बांध हमारा राइट आंसर है डी थीन बांध चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नंबर वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन का आधार है ए न्यूनतम कोष प्रणाली बी नहीं हमारा राइट आंसर है ए न्यूनतम कोष प्रणाली चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन टिटिका झील के संदर्भ में असत्य कथन है तो हमारा ऑप्शन है ए विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील बी झील है सी ब्राजील व इक्वेडोर की सीमा बनाती है या फिर डी इसे हनीमून झील भी कहते हैं तो हमारा राइट आंसर है जो है सत्य है सी ब्राजील व इक्वेडोर की सीमा बनाती है बल्कि ये नहीं बनाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट जेम का पूर्ण रूप है तो आपके ऑप्शन है ए जनधन आधार मोबाइल बी जनता आहार मोबाइल सी जनधन एरिया मोबाइल या फिर डी जनता आधार मशीन तो हमारा राइट आंसर है ए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चाउल स्कीम का लक्ष्य रखा गया है ए वर्ष 2024 तक बी वर्ष 2025 तक सी वर्ष 2026 या फिर डी वर्ष 2022 तक तो हमारा राइट आंसर है ए वर्ष दो तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी एजेंसी सदस्य रेशों को सुलभ ऋण सॉफ्ट लोन देती है हमारे ऑप्शन है ए आई ऑप्शन एप्शन बी आई ऑप्शन सी आई एफ या फिर ऑप्शन डी आईएमएफ तो हमारा राइट आंसर है ए आईडीए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी दर्शन भूमिका सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी गई है ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य ऑप्शन सी प्रस्तावना या फिर ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले किसने सुफारिश की थी ऑप्शन ए राजा जी चेलिया ऑप्शन बी अमित मिश्रा ऑप्शन सी विजय केलेकर ऑप्शन डी नरसिंह समिति हमारा राइट आंसर है सी विजय के लेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग कौन सी मृदा का होता है ऑप्शन ए है लेटर ऑप्शन बी काली मृदा ऑप्शन सी लाल मृदा या ऑप्शन डी जलोड़ मृदा तो हमारा राइट आंसर है ए लेटर राइट मृदा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बजट दो हजार का आकार कितने करोड़ का है आपके ऑप्शन है ए तीस लाख करोड़ बी चौतीस लाख करोड़ सी चालीस लाख करोड़ या फिर डी 20 लाख करोड़ तो हमारा राइट आंसर है चौतीस पॉइंट तैयसी लाख करोड़ क्वेश्चन नंबर के तीन वर्ष थे ए वर्ष 1960 से तिरसठ बी वर्ष से सौ सी वर्ष अड़सठ से इकहत्तर या फिर डी वर्ष 1970 से तेतर जी हाँ हमारा राइट आंसर है बी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सिक्सटीन वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है हमारे ऑप्शन है ए सामान्य स्थिति बेरोजगारी बी दैनिक स्थिति बेरोजगारी या सी साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं जी हाँ हमारा राइट आंसर है ए सामान्य स्थिति बेरोजगारी क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन भारत में सर्वाधिक वन्य जीव व्य स्थित है ए मध्य प्रदेश बी उत्तराखंड सी महाराष्ट्र या फिर डी अंडमान तथा निकोबार जी हां हमारा राइट आंसर है अंडमान तथा निकोबार डी क्वेश्चन नंबर एटीन पूंछी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था आपके ऑप्शन है ए वर्ष 2005, ऑप्शन बी वर्ष 2006, ऑप्शन सी वर्ष 2007 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2008 जी हां हमारा राइट आंसर है सी वर्ष 2007 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 19 भारत के नियंत्रक एवं महल्य का प्रेक्षक का कार्यकाल होता है आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष उतवा बासठ वर्षायु ऑप्शन बी 5 वर्ष उतवा पैंसठ वर्षायु ऑप्शन सी छह वर्ष अथवा बासठ वर्ष आयु या ऑप्शन डी छह वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष आयु जी हाँ हमारा राइट आंसर है डी छह वर्ष अथवा पैंसठ वर्षायु चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई तो हमारे ऑप्शन है ए वर्ष उन्नीस बी वर्ष उन्नीस सी वर्ष उन्नीस डी वर्ष उन्नीस सौ जैसे ही हमारा राइट आंसर है बी वर्ष उन्नीस सौ वीडियो तो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट सीरीज के लिए हम मिलेंगे आपसे जल्द ही thank you so much good day